तो ओके अगर तुमको भी अपना चैनल ग्रो करना है तो इस पांच चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा वो तो तुमको आगे वीडियो में बता दूँगा पाचिस क्या है पर तुम सबसे पहले ये समझो अगर तुम वीडियो बना रहे हो एडिटिंग कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो तो तुम क्या ये देखते हो कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सामने वालों को पसंद आया कि नहीं कई बार तो ऐसा होता तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बना देते हो उसके बाद सोचते हो कि ये वीडियो तो बहुत ही अच्छा है पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुमको नहीं देखना कि तुमको ये वीडियो अच्छी लग रही कि नहीं तुमको ये देखना है कि सब्सक्राइबर को अच्छी लगेगी कि नहीं ठीक है और उस चीज़ पे तुम सबसे ज़्यादा ध्यान दो ये जो पांच चीज़ों में बता रहा हूँ ठीक है नंबर वन है तुम्हारी निच एंड कैटेगरी तुम किस चीज़ पे वीडियो बनाते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि किस चीज़ पे वीडियो बनाते हो किस कैटेगरी में वीडियो बनाते हो तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसी चीज़ के हिसाब से तुम सर्च करो कि उस पर व्यूज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा ठीक है दूसरा चीज़ है तुम्हारा सबसे ज़्यादा मेहनत तुमको जो करना है वो थमने लें तुम्हारी वीडियो पर धन डिसाइड करता है कि लोग वीडियो पर क्लिक करेंगे कि नहीं तीसरी चीज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट एडिटिंग अगर तुम अपने वीडियो में सब कुछ अच्छा कर ले रहे हो अगर वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं है तो तुम्हारी वीडियो को कोई लास्ट तक नहीं दिखेगा ठीक है और उससे तुम्हारा सी भी नहीं बढ़े ना ही वॉच टाइम बढ़ेगा तो इससे सबसे ज़्यादा तुम्हारा लॉस होगा तो अपनी एडिटिंग स्किल हो सके तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तुम यूट्यूपे बहुत सारी वीडियोज़ टूटोरियल देख सकते हो अगर तुम पी सी करना चाहते हो ये लाइट है ये सॉफ्टवेयर है एंड बहुत फिल्मोरा वगैरह बहुत सारा सॉफ्टवेयर तुम उसको यूज़ कर सकते हो अगर मोबाइल से यूज़ करना चाहते हो तो फिल्मोरा आता है एंड काइन मास्टर मैं खुद यूज़ करता हूँ तुम उसको यूज़ कर सकते हो एंड फोर्थ चीज़ जो है तुम्हारी वॉइस तुम्हारी वॉइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है और सामने वाले को बांध के रखती है तुम्हारी वॉइस की तुम कैसा बोल रहे हो एंड सबसे से लास्ट जो चीज़ है नंबर फाइव वो है तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो ट्रेंडिंग टॉपिक अगर तुम ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जैसे कि तुम मेहनत कर रहे हो तुम ये सारी चीज़ अच्छा कर ले रहे हो थमेल अच्छा बना ले रहे हो एंड टाइटल सब कुछ अच्छा देते रहो एंड ट्रेंडिंग एंड रिसर्चिंग टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रहे तो तुम्हारा चैनल बहुत ही कम चांस है कि ग्रोथ होगा अगर तुम ट्रेंडिंग टॉपिक पर बेकार वीडियो भी बना दोगे ना तो व्यूज़ भर भर के आएंगे इसीलिए तुमको ट्रेंडिंग टॉपिक एंड रिसर्च रिसर्च करके तुमको देखना है कि क्या चीज़ ट्रेंडिंग चल रहा है और जिस लोग सर्च कर रहे हैं उस पे तुमको वीडियो बनाना है तो उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो तुमको पसंद आई होगी अगर तुमको किसी भी कोई भी चीज़ का कुछ भी पूछना है तो हमको कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो